आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडीज एंड नेचुर स्टेजन में आपका स्वागत है साथियों आज एक ऐसे प्लांट की चर्चा करेंगे जो कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विशेष गुणकारी है मुख्य रूप से पुरुषों की एक समस्या होती है जिसको हम प्रोस्टेट का बढ़ना प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाना और अगर उसको सही समय पर देखा ना जाए तो प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है और इनिशियल में सिस्ट डेवलप हो जाता है और बाद में धीरे धीरे ये प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेता है बहुत ही खतरनाक ये बीमारी होती है साथियों चेंजिंग लाइफस्टाइल भी इसके लिए मुख्य कारक होता है प्रीकोशन के रूप में मैं इतना जरूर बताना चाहूँगा आयुर्वेद के वैद्य के अनुसार उनके सुझावों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि पौराणिक लिटरेचर में भी ऐसा वर्णन है कि हमें बैठ ही टॉयलेट जाना चाहिए खड़े होकर मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए जो कि धीरे धीरे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कॉज करता है और बाद में ये कॉम्प्लीकेशन का रूप ले लेता है आज जिस प्लांट की चर्चा करने वाले हैं इसके सुंदर येलो इस वाइट फ्लावर आप देख रहे हैं इसको हम वरुण के नाम से जानते हैं क्रेटिवा नुरबुला कैप्रीडेसी का ये प्लांट है स्टेम कटिंग और सीड के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है साथियों सभी प्रकार की यूरिनोजेनाइटल डिसऑर्डर जितने भी हैं सब में ये वंडरफुल कार्य करता है कई बार प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के कारण या शरीर में गर्मी ज़्यादा हो जाने के कारण पेट में गर्मी होने के कारण पेशाब नहीं कर पाते हैं और पेशाब करते समय जलन भी होती है ऐसा स्टोन की समस्या हो तब भी होता है और प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण भी ऐसा होता है तो पेशाब करने में समस्या है या पेशाब में जलन है या स्टोन की समस्या है तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए आप इसकी छाल का डिकॉक्शन बनाकर सेवन कीजिए छाल का डिकॉक्शन बनाकर जब आप सेवन करते हैं तो दिन में दो से तीन बार पाँच ग्राम छाल ले लीजिए और उसका डिकॉक्शन बनाकर धीमी धीमी आज पेट इसका डिकॉक्शन या काढ़ा बनाना चाहिए और शहद मिलाकर सेवन करना चाहिए मित्रों सभी प्रकार की यूरिनोजनाइटल डिसऑर्डर्स दूर हो जाते हैं यूरोसिस की समस्या हो वो दूर हो जाती है और अगर कहीं शरीर के अंदर क्योंकि ये क्या करता है लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है ब्लड को प्योरीफाई करता है और हमारे नेचुरल शरीर में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को ये मेंटेन करने का भी कार्य करता है अगर टॉक्सेंस के कारण हमारी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो गई हो तो उसको भी बढ़ाने का ये कार्य करता है फ्री रेडिकल स्कूंसिंग एक्टिविटी इस प्लांट की होती हैं मित्रों अगर ज्वाइंट पेन की समस्या हो इन्फ्लामेशन की समस्या हो या फिर कहीं भी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं इसके सुंदर फ्लावर्स का पेस्ट बनाकर इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए लगा सकते हैं रूबी फेसेंट का ये कार्य करता है ये जहां आप अप्लाई करते हैं ये वैसोडाइलेसन करते हुए वाम्थ को बढ़ाता है और पेन किलर का ये कार्य करता है इन्फ्लामेशन को दूर करता है इन्हीं सुंदर फ्लावर्स का आप इन्फ्यूजन बना कर सेवन करते हैं तो बुखार को ठीक करने का कार्य करता है इनका पेस्ट बनाकर लगाएंगे तो घाव को भरने का भी कार्य करता है और अगर फुंसी या फोडा हो गया हो तो उसको भी दूर करने का ये कार्य करता है इसके क्योंकि फूल हर मौसम में नहीं आते हैं अभी अप्रैल से लेकर मई जून तक फ्लावर्स रहते हैं उसके बाद इन्हीं से ग्रीन कलर का फ्रूट बन जाता है और बाद में उसी से इसका प्रोपिगेशन किया जाता है मैचोरिटी के बाद इसके पत्र का आप बनाकर सेवन कीजिए वो किडनी के डिसडर्स को दूर करता है और शरीर में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए भी इसके पत्र का आप सेवन कर सकते हैं मित्रों वरुण का उपयोग आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी विभिन्न प्रकार के कंप्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में खूब उपयोग में आता है मित्रों इसके फ्लावर्स और इसके लीव्स का आप इन्फ्यूज़न बनाकर सेवन करते हैं तो वो लीवर डिटोक्सीफिकेशन का कार्य करते हैं और स्प्लिनोमिगैली जो डिसऑर्डर्स होता है जिसमें स्प्लीन बढ़ जाती है उसको भी ठीक करने का कार्य करते हैं ये स्प्लिनोमिगैली की जो समस्या है इसको हम पलिया वृद्धि कहते हैं ज़्यादा मात्रा में दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स के खाने से ये होता है और उससे निराकरण के लिए आप इसके फ्लावर्स का इन्फ्यूज़न का सेवन कीजिए ये पुराने होने वाले ज्वर को ठीक करता है मूल रूप से वात और कफ जनित डिसऑर्डर्स के रेमिडिशन में इसके फ्लावर्स और इसके लीव्स का इन्फ्यूजन बनाकर हमें सेवन करना चाहिए मित्रों तो ये शरीर में पाए जाने वाले एसीटाइल कोलिन नाम के हार्मोन का ड्यूरेशन बढ़ाता है ये एसीटाइल कोलिन एस्टरेज को इनहिबिट करता है जिसके कारण शरीर में एसीटाइल कोलिन का लेवल बढ़ता है जो डिमेंसिया और मेमोरी लॉस जैसे न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स को रेमेडिएशन के लिए सही करने में अपनी भूमिका निभाता है साथियों इसके कोमल पत्र का आप सिरका मिलाकर या विनेगर मिलाकर अप्लाई करते हैं तो विभिन्न प्रकार के फंगल डिसऑर्डर्स को दूर करने का कार्य करता है सही करने का ये कार्य करता है और हीलिंग में भी विशेष उपयोगिता इसकी होती है अगर आप इसके कोमल पत्र और इसके फूल को हल्दी पाउडर और कोकोनट ऑयल मिलाकर अप्लाई करते हैं तो एंटी रिंकल एंटी एजिंग एक्टिविटी इसकी होती है डेड स्किन को रिमूव करने का भी ये कार्य करता है इस प्लांट का उपयोग आप विभिन्न प्रकार के यूरिनोजोनाइटल डिसऑर्डर्स के लिए डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए हार्मोन के रेगुलेशन के लिए और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ये दुग्धवर्धन का भी कार्य करता है इस प्रकार आप इसको अपने दैनिक जीवन में इसके लाभ उठा सकते हैं को आप कंजर्व कर सकते हैं कटिंग के माध्यम से सीड के माध्यम से वरुण वरना इन सब नामों से इसको पूरे भारत में जाना जाता है जानकारी को शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कल सुबह साढ़े छः बजे फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार